दोस्तों जैसे कि आपको इन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि प्यून भर्ती यानी कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा प्यून भर्ती का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है जैसे कि कैसे डाउनलोड करना है तो ध्यान से समझिएगा तो सबसे पहले आप प्यून भर्ती का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इंटर ई मेल आई पर भरिएगा उसके बाद पासवर्ड यहाँ पर क्लिक करिएगा जैसे ही क्लिक करोगे इसके बाद आपको यहाँ पर इंटरफेस दिखने को मिलेगा यहाँ पर इंटर पासवर्ड आएगा उसके बाद यहाँ पर आपको टिक का निशान लगाना पड़ेगा इसके बाद क्या करोगे इसके बाद आप यहाँ पर लॉग पर क्लिक कर दोगे जैसे लॉग इन पर क्लिक करोगे तो आपका प्यून भर्ती का यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा साथ ही 25 सितंबर को प्यून भर्ती का एग्ज़ाम है आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर करें धन्यवाद दोस्तों इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है जाके डाउनलोड कर लीजिएगा